वेलकम टू माई YouTube चैनल कोडवी से अभिनंदन आज हम लोग देखेंगे URL Twitter एल अकाउंट का कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं अगर आप मेरे YouTube पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें बेलाइकन दबा दें ताकि इस रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिल जाए इस YouTube पे। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग क्रिएट करके कर? अकाउंट को के यू आर एल बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट कॉल करते हैं ट्विटर एप्लीकेशन ओपन करेंगे हम लोग ठीक है उसके बाद प्रोफाइल अपना अपना प्रोफाइल पिक्चर में जाते ही हैं उसके बाद यहाँ पर सेटिंग प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा वहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ फर्स्ट कॉल आएगा योर अकाउंट वहाँ पर क्लिक करें उसके बाद अकाउंट इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें उसके बाद यहाँ पर फोन का ऑप्शन आएगा यूजर नेम यूजर नेम पर यहाँ पर यूजर नेम कॉपी कर लें कॉपी करने के बाद बैक आ जाए यहाँ पे बैक आ जाने के बाद हम लोग अपने क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे वहाँ पर टाइप करेंगे https टी टी टर डॉट कॉम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया ठीक है ये जो यहाँ पर दिख रहा ये है, है? ये हमारा यूजर यूआरएल है ठीक है यू आर एल जो है आप कहीं भी सेंड कर सकते हैं तो आपका एक ट्विटर अकाउंट फॉलो जो फॉलो करना चाहता है वो फॉलो कर देगा यहाँ पर सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ आउटपुट रिव्यू दिखा रहा हूँ जो लिंक बना रखे हैं हम लोग वो सही है आप देखिए हमारा लिंक एकदम और कर रहा है